छतरपुर में बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए तो हालात तो इतने विषम है कि देश में हर चार मिनट में रोड एक्सीडेंट की वजह से एक की मौत होती है और एक दिन में करीब चार सौ छब्बीस लोग काल के गाय में समा जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं छतरपुर में बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यमराज की वेशभूषा में खुली गाड़ी में सवार होकर ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया इस वाहन रैली को ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोगों का भी पूरा सहयोग मिला छतरपुर जिले में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अभियान के तहत ब्रह्म और पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम किया गया जिसमे एक विशाल बाइक रैली शहर के मुख्य मार्गो ऐसी निकाली गयी इसमें एक विशेष पात्र का अभिनय यमराज के रूप में कराया गया जिनके द्वारा लगातार ऑडियो मैसेज भी दिया गया की किन कारणों से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और ना करने में कैसे कितनी दुर्घटनाएं हो सकती है और परिवार को जो अभूतपूर्व क्षति होती है उसका कभी भी वापस में नहीं हो पाता है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का